नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल टैग बाई के में और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि दोस्तों मैं दावा करता हूँ अगर आपने पूरी वीडियो देख ली ना तो आप सौ पास हो जाएंगे ठीक है कंप्यूटर के किसी भी एग्जाम में आराम से पास हो सकते हैं आप और खास करके एटकेब एग्जाम ये मैंने वो क्वेश्चन छाटे हैं दोस्तों जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं दोस्तों ठीक है प्लीज इनको लास्ट तक देखिएगा दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन मैग्नीफाइन ठीक है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने लॉन्च किया था ठीक है दो दो वो है दोस्तों ये आपको पता ही होगा फेमस कंपनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टू गेट स्ट्रोक ऑप्शन इन फोटोसोप वी है तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा एडिट मेन्यू ठीक है नीचे आ जाते हैं दोस्तों उसके बाद हमारा दोस्तों क्वेश्चन है हमारा रजिस्टर इमेज आल्सो सॉरी रजिस्टर इमेज आर ऑल्सो नाव ये होता है दोस्तों हमारा बिटमैप इमेज ठीक है और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच फीचर इज ड्यूज टू डुप्लीकेट ए कंट्रोल फॉर्मेटिंग इसका आंसर होता है दोस्तों हमारा पेंटर दोस्तों आप इसका स्क्रीन लेते रहेगा क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना यहाँ से पढ़ लेते हैं दोस्तों विच ऑफ दॉट वन ऑफ पावर पॉइंट आंसर है presentation view. Next question है दोस्तों हमारा ये वाला इधर हाउ मेनी कलर मूड्स आर इनसॉप फोटोशॉप में कितने कलर होते हैं ठीक है इसका आंसर है दोस्तों हमारा five. Next question है दोस्तों हमारा विच फंक्शन इज एक्सल टेल हाउ मेनी नंबर के एंट्रीज आर देयर दोस्तों उसका आंसर होता है हमारा काउंट ठीक है दोस्तों यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हाउ मैनी टाइप ऑफ मार्किट टूल आर डेयर इन फोटोसॉप ये होते हैं हमारे दोस्तों चार ठीक है दोस्तों आप इसका स्क्रीन लेते रहेगा ठीक है ये आपको बहुत यूजफुल रहेंगे एग्जाम में कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम हो ठीक है ये आपके लिए बहुत यूजफुल है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा फोर वार्ट वर्क फोटोशॉप इज यूज फोर ग्राफिक्स के लिए यूज होता है ठीक है फोटोशोप क्या के लिए यूज ग्राफिक्स के लिए यूज होता है हमारा ठीक है Which of the following is not a field type in Excel? वो तो हमारा lookup lookup wizard ठीक है. Next question है दोस्तों हमारा the first cell in Excel worksheet is labelled as यो तो हमारा A1 ठीक है. Next आ जाते हैं दोस्तों which shortcut key is used to spell check in MS Word? Spelling check करने के लिए MS Word में कौन सी shortcut key होती है दोस्तों वो तो होती है ना F5 sorry F7 ठीक है F7 होती है हमारी. Next question है दोस्तों हमारा which sub menu is used to create new ledgers, group or voucher type in tally? तो दोस्तों जो बहुत टाइप मिलता मिलता है इनपुट बी ए टीटेड अकाउंट ये होता हमारा, taxes, है नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं एक purchase, एक purchase For should be for. Machine account और कैश शुड बी डेबिट फॉर मशीन अकाउंट में डेबिट होता है ठीक है ये क्लास स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा व्हिच मेन्यू प्रोवाइड्स यू यू ऑप्शंस लाइक एनिमेशंस स्कैम कस्टम एनिमेशंस साइट ट्रांजैक्शन ये होता है हमारा साइट्सो मेन्यू ठीक है दोस्तों आपको जो एग्जाम आने वाला है वो इंग्लिश में आने वाला है ठीक है इसके स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा एक्सेल एक्सेल फाइल्स हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ओ इन एक्सेल 2003 में कौन सा डिफॉल्ट एक्सटेंशन था इसका ये हमारा दोस्तों एक्सएलएस ठीक है 7 नंबर ये होता है 7 के ऊपर के जो वर्जन आते हैं वो होता है एक्सएलएक्स X लास्ट में X ठीक ठीक है है जो होते है, अंडर होते हैं हैं वो किसके में ये होते हैं हमारे में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच शोकट ओपन कंपनी इन टैली ये दोस्तों अल्ट एफ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा लेटेस्ट वर्जन ऑफ एम एस विंडो एम एस विंडो का लेटेस्ट वर्जन दोस्तों दो हजार दो हज़ार का विंडो ग्यारह विंडो इलेवन जो है वो नया लेटेस्ट वर्जन हमारा ठीक है इस कोई भी नहीं है नेक्स्ट हमारा हु कॉल्ड ए ऑफ कंपनी एक्टिविटी ये ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूरे कंप्यूटर को एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ठीक है दोस्तों टर्न ओवर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिक वे टू में बुक्स ऑफ अकाउंट इज कोल्ड इसको बोलते हैं दोस्तों हम बुक कीपिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग मेथड इसमें होते हैं थ्री मैथड होते हैं बहुत काम भी चीज है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्टॉक आइटम में नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हम इंडिटेंट आर टैप्स ऑप्शन प्रोवाइड टाइप ऑफ टैप ये होते हैं दोस्तों हमारे चार ठीक है उसके बाद नीचे लास्ट क्वेश्चन सॉरी लास्ट का हमारे नीचे नेक्स्ट देख लेते Which menu विच मैन्यू कंटेंट्स दिन इन पेज मेकर ये होता है टाइप ठीक है इधर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें इस आता है दोस्तों हमारा C, ठीक है Next question देख लेते हैं हमारा क्या ना क्या लिखता है budget response, ठीक है इसका आता है हमारा वो सारे होते हैं ठीक है PMD PMD Press to open the, the color pattern in page maker, maker कर कंट्रोल जैसे हमारा जो कलर पैटर्न होगा ना ये ओपन होगा ठीक है कंट्रोल जैसे इधर से क्लाउड मोशन बिलरि एंड प्लास्टिक रैप आर द एगाम्पल ऑफ द ऑफ दैट कैन बी यूज फॉर योर फोटोग्राफी डिजाइन ये होता है दोस्तों फिल्टर होते हैं सारे ये मोशन बिलर वगैरह में देखते होंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दिस शॉर्टकट की ऑफ द टेस्ट ड्राइफ इज इन पेज मेकर टेक्सट ड्राइफ करने के लिए पेजमेकर शॉर्टकट की दोस्तों कौन सी होती है हमारी कंट्रोल एल्ट प्लस सी ठीक है कंट्रोल के साथ एल्ट दवाइए फिर ई e दवाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इफ यू हैव सोलिड कलर टू सेलेक्ट एंड डिलीट दिस टूल्स इन एंड मोस्ट इफेक्टिव ये होता है दोस्तों मैजिक वैट ठीक है ऐसे नेक्स्ट रिलेटे होता है ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दी सी पी यू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ दिवाइस ये होता है मदर बोर्ड से संबंधित ठीक है सीपी जो होता है मदर बोर्ड से संबंधित होता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा ए एल यू एंड कंट्रोल यूनिट नाव ये दोस्तों से संबंधित होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ए स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंस ठीक है इसकी ए एस e, ये काफी पॉपुलर लैंग्वेज है ठीक है और इसको आप याद रखिएगा इसकी शॉर्ट तो, शॉर्ट तो ये जो तो फॉर्म है तो फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्परेरी हॉल्ड डाटा वेटिंग वी वेटिंग टू बी प्रोसेस ये होती है दोस्तों मेमोरी में प्रोसेस होती है हमारी Which option is used बिच ऑप्शन इज यूज टू एच टेली से बाहर चले जाते हैं या क्यूबी दबा दी आप एस सी दवा दी लास्टोर्ड की सबसे ऊपर वाली होती है उसको ई एस सी के बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं सिंपली क्वेश्चन दोस्तों बिच शॉर्टकट की टेली में जो जनरल का जो वो होता है अकाउंट जो होता है उसका शॉर्टकट क्या सेवन ठीक है ये भी सिंपल क्वेश्चन है आप टैली पढ़ते होंगे तो ठीक है एट कैप में ये क्वेश्चन बहुत है दोस्तों प्लीज याद कर लीजिएगा दावा करता हूँ कि आप पक्का पास हो जाएंगे आराम से ठीक है एस टी एम एल फॉर्मेट भी हमारा होता है एस फॉर्मेट में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है? है दोस्तों नीचे से यहाँ से देख लेते हैं हम शॉर्टकट फॉर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये हम मतलब डेबिट नोट से क्रेडिट नोट में और क्रेडिट से डेबिट में कैसे चेंज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एफ नाइन एंड कंट्रोल प्लस एफ फाइव ठीक है कंट्रोल एफ नाइन होता है डेबिट के लिए कंट्रोल एफ एट होता है एंड क्रेडिट नोट के लिए बहुत स्टेटिक एंड नन बोलिटेशन ये होता हमारा, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच बन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए कंप्यूटर लैंग्वेज ये लैंग्वेज नहीं है दोस्तों ये सी प्लस प्लस बेसिक लैंग्वेज है ठीक है ये ये ये वाली लैंग्वेज लैंग्वेज है, है, है, है, है, है? है, है, है, है, नहीं नहीं क्योंकि तो तो एक सॉफ्टवेयर दोस्तों, दोस्तों, दोस्तों? दोस्तों का, जैसे ठीक ठीक हमारा से होता याद याद रखना, हमारे भी नहीं रहते हैं टैली कंपनी में हम कितनी अधिकतर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों हम कर सकते हैं दो ठीक है सब इज फॉर बाउचर ठीक है दोस्तों ठीक फिलहाल यही क्वेश्चन थे हमारे पास दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों प्लीज इनको याद कर लीजिएगा दावा करता हूँ आप पक्का एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे दोस्तों एटकेट का एग्ज़ाम है दोस्तों एक से दो दिन में एग्जाम आपका आने वाला है काफ़ी यूजफुल रहेंगे किसी का दस में किसी का ग्यारह में बट दोस्तों कंप्यूटर के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सॉरी तो क्वेश्चंस है प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा ठीक है और दोस्तों वीडियो बनाइए मैंने आपके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करके बताइए कोई डाउट हो तो आप उसमें कमेंट में बता सकते हैं ठीक है दोस्तों